राजा की एमें, एमें। आप सब अपने अपने घरों में हैं कई लोग दुख में होंगे कई लोग उत्साह में होंगे कई लोग आज सुबह आराधना कर रहे हैं हम परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहते हैं आज एक और दिन परमेश्वर ने हमको दिया ऐसा एक अवसर ऐसा एक अवसर किसी और को नहीं मिला होगा ऐसा एक अपरचुनिटी किसी को नहीं मिला होगा हम कितने खुश नसीब है खुश ओ खुश खुशहाल है हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए हाल अल्लू आत्मा और सच्चाई से ओ नई उमंग के साथ में आज हम परमेश्वर को धन्य कहेंगे दो मिनट लेके अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे ओह फादर थैंक यू थैंक यू फॉर दिस डे ओह ललुआ खूबसूरत दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं हा ललुआ ओह तेरे लोग अन्य अन्य जगहों में अपने अपने घरों में बैठ के प्रभु आराधना कर रहे हैं इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं तेरा आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में उतरने पाए ओह ललुआ आत्माओं सच्चाई से आराधना करना तो हमें सिखाइए प्रभु जी हा ललुआ ओह चाहे घोर अंधकार क्यों छाया पड़े ओ ओ ओ ओ ओ मेरे जीवन की लंका डूब रही होगी फिर भी आज आज सुबह हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया हालेलुया स्वर्ग तो बरकत देना ज खुदा थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर तेरा स्वागत हमारे बीच में हम करते हैं जी धन्य <द्दन्यों> होवे ना प्रभु का वो आराधना प्रशंसा योगी है मिलकर हम एक साथ उठाते पावन का है स्तुति में महान मेरा खुदाबान करुनावान शो अच्छा है पेरों Pero... yeah. ya radna hove yeshu ki oh mahima aur tarif adar prashansa stuti ya radna hove yeshu ki thank you jesus oh aaj subah prabhu हर दिल प्रभु जी, हर दिल तेरे लिए खुल जाए हर दुखी दिल तेरे लिए खुल जाए प्रभु हा तुझसे प्राप्त कर पाए हा ललू या तुझसे सांत्वना प्राप्त कर पाए तुझसे शक्ति प्राप्त कर पाए रो बोझे ये। यीशु तेरा ना है कितना सुन You made me. Your name, every. आज प्रभु इस सुबह के समय में प्रभु हाले तेरी उपस्थिति में आकर तेरी स्तुति और आराधना करने के लिए तूने हमारे जीवन में तो सौभाग्य दिया प्रभु इसलिए तेरा धन्यवाद देते प्रभु हाले लोईया प्रभु हाल लो पिछले रात को प्रभु तूने हमें संभाला प्रभु हर एक दुख तकलीफ से तूने हमें बचा के रखा yes, इस इसलिए हाँ। तेरा धन्यवाद देते प्रभु हाल लुया हाल लुईया आज सुबह का बोर में प्रभु तेरी आराधना करने के लिए तूने हमारे जीवन में तो सौभाग्य दिया प्रभु हाल लो इसलिए तेरा धन्यवाद देते प्रभु ओह हाल तेरा नाम ओ कितना पावन है हाल ओ हाल ओ तेरा नाम सबसे बड़ा है प्रभु तेरे से बिड़कर कोई नहीं है प्रभु तू सबसे बड़ा महान परमेश्वर है Hallelujah. इस Hallelujah. ओ इस ओ समय में प्रभु तू हमको प्रभु एक-एक जन को प्रभु लुया तू हमें ओ से बर दे प्रभु जो लोग डिप्रेशन में है ओ हाल लुइया अशांत में जो लोग है उनके लिए हम विशेष करके प्रार्थना करते प्रभु ओ हाल लुइया ओ तेरी शांति प्रभु ओ ओ एक-एक जीवन में, ओ बने रहने पाए प्रभु प्रभु, जो लोग हमसे सुनते हैं उनके लिए प्रार्थना करते है प्रभु उनको प्रभु हाल लु तू शांति तो प्रदान कर प्रभु ओ हाल ओ हाल लुइया इस समय प्रभु हम तेरा वजन सुनने के लिए जा रहे प्रभु हाल ओ तो हाल जो वजन हमको चाहिए प्रभु तू हमें आज दे प्रभु हाललुआया तू महान है इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु हाल लिया तेरे दास को प्रभु तू शक्ति और बल तू प्रदान कर ओ हालिया ओ जो वजन हमको चाहिए वो हमको मिलने के लिए जो अलग अलग जगह में हम बैठ कर प्रभु तेरे स्तुति और आराधना हम करते समय प्रभु हमको जो जो वजन हमको चाहिए वो हमको मिलने yes, पाए प्रभु तू तो सहायता कर तू मदद कर प्रभु सारा महिमा आपको देते प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद ईश्वर के नाम से मांगते हैं परमेश्वर के नाम की स्तुति हो एक बड़े संकटपूर्ण परिस्थिति में जब मैं और आप हैं हमारे प्रिय लोग जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं जो हमसे प्रेम रखते हैं और जो हमारे खास लोग बहुत दुख में बहुत निराशा में आंसू में जी रहे हैं सांस नहीं मिलने के कारण तड़प रहे हैं और कल क्या होगा करके बच्चे बड़े निराशा में जीवन बिता रहे हैं जबकि कई जवान लोग जिनकी अभी स्कूल होना चाहिए था पढ़ाई होना चाहिए था और अच्छी मेहनत किया अच्छी तैयारी किया परंतु भविष्य के लिए कुछ न दिखते हुए बड़े संकट में हैं बड़े निराशा में जी रहे हैं ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं और इस इस बात का हमें कैसा सामना कर सकते हैं कई बार हमें सोचता नहीं है हम परमेश्वर का वचन बाइबल के अंदर से इस प्रकार की एक वरिस्थिति को देख सकते हैं हमारे जैसे एक व्यक्ति एक समाज एक महामारी से जूझ रहे थे और उस महामारी से उनको कैसे निजात मिल गया छुटकारा मिल गया हम देख सकते हैं मेरे साथ अपने अपने बाइबल को खोलिए पहला इतिहास उसका 21 अध्याय उसके एक से लेकर उसके सताईस आयत तक हम पढ़ सकते हैं पहला इतिहास 21 अध्याय एक से लेकर उसकी सताईस आयत तक समय को बचाते हुए हम उसकी 14 और 15 आयतों को पढ़ेंगे और 26 और सताईस आयतों को पढ़ेंगे पहला इतिहास 21 अध्याय 15 और 14 आयतें उसके बाद 26 और सताईस आयतें यहाँ पर इस प्रकार लिखा है पहला इतिहास 21 का 14 में तब यहबा ने इसराइल में मरी फैलाई और इसराइल में सत्तर हजार पुरुष मर मिटे फिर परमेश्वर के एक दूत एरुस्लम को भी उसका नाश करने को भेजा परमेश्वर ने एक दूत एरुस्लम को भी उसका नाश करने को भेजा और वो नाश करने ही पर था कि यहोबा दुख देने से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूध से कहा बस कर अब अपना हाथ खींच ले 26 सौ सताईस आयत में लिखा है और तब दाऊद ने वहां पर यहोवा की एक वेदी बनाई और दाऊद ने दाऊद ने वहां यहोवा की वेदी बनाई और होम और मे चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की और उसने होम की वेदी पर आ, उसने होम की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली, ली। तब ने दूध को दी, उसने अपनी तलवार में कर आइए प्रार्थना करें आज पढ़े हुए वचन को लेकर हम आपके पास आना चाहते हैं पिता परमेश्वर आपका वचन जो स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर है और अपने आत्मा के द्वारा रचा गया है जिस वचन को आपने अपने नाम से भी बड़ा महत्व दिया है जिस वचन वचन के आप आप सारा संसार बनाया गया, और ओ आप अपने को भेजकर चंगा करने वाला परमेशुर है। उस जो पवित्र वचन जो ओ जीवित प्रबल और हरे दो तलवार से भी चौका हृदय के चिंदनों को भावनों को भी आर पार छेदने वाला परकने वाला वचन उस वचन से ओ पिता परमेश्वर ओ तुमसे तो बात कीजिए हाली ओ हो हाली लोया पिता परमेश्वर हमारे मधुर सहायता कीजिए वचन का भेद समझने के लिए ही नहीं वचन का भेद समझकर उसके आशीष पाकर आगे बढ़ने के लिए सहायता कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु के नाम की स्तुति हो थोड़ा समय का जो मन का जो शीर्षक हम इस प्रकार से देख देख सकते हैं कि महामारी में बचाव मेरे साथ बोलिए महामारी में बचाव सबसे पहले हम देखेंगे इस महामारी के बारे में ये आज से करीब 2,700 साल पहले की घटना है ये घटना फलस्तीन देश में हुआ और फलस्तीन देश के अंदर उन दिनों में राजा राजा राजाओं का राज चलता था और दाऊद इसराइल का राजा था पहले इतिहास की पुस्तक उसके 11 अध्याय से लेकर हम आ, आगे देखते हैं आ, लोगों, लोगों ने लोगों ने दाऊद को अपने राजा के रूप में अभिषे उनको मान लिया और आ, सब लोग बोले सब लोगों ने कहा इसराइलियों ने कहा यहूदियों ने कहा कि हम ओ, आपकी बातों को मानेंगे हम आपका कहे हुए बातों पर चलेंगे आप हमारा राजा है और हम फिर हम देखते हैं यहो परमेश्वर ने क्या कर दिया यहो परमेश्वर ने यो परमेश्वर ने पहला इतिहास उसका ग्यारह अध्याय उसका तीन आयत में लिखा है इसराइल का राजा होने के लिए यहो दाऊद का अभिषेक किया दाऊद को भी मालूम पड़ गया कि परमेश्वर ने मेरे राज्य को स्थिर कर दिया है एक समय में मारे मारे फटकता था एक समय में मारे मारे फिरता था जंगलों में पहाड़ों में दरों में और शत्रु मेरे पीछे करते थे और उस समय का राजा मेरे खिलाफ था और मेरे साथ कोई था नहीं परंतु ऐसे समयों में परमेश्वर मेरे साथ रहा यहाँ तक मुझे लेकर के आ गया और मुझे मेरे राज को परमेश्वर ने विस्तृर कर दिया है उसके बाद में हम देखते जब हम अध्याय में आ जाता है बड़े बड़े जाति के लोग बड़े बड़े राष्ट्र के लोग अठारह अध्याय के उसके पहले आयत में लिखा है कि सबसे मोआब जो एक बहुत बड़ा राज्य था वो दाऊद के अधीन हो जाते हैं उसके बाद में हम आगे देखते हैं मवा के बाद में सोबा सोबा का राजा जो हैं दाऊद को दाऊद के हुकूमत को स्वीकार कर लेते हैं उसके बाद में हम देखते हैं कि दमिश्क का आरामी आरामी जो हैं वो मवा अब दाऊद के दाऊद के हुकूमत को स्वीकार करते हैं और उसके बाद में हमाद का राजा नौी आयत के अंदर पहला इतिहास एक अठारह दिया उसके नवी आयत के अंदर उसके बाद में आ, हम देखते हैं बारह आयुद से लेकर जो जलस्ती के जो बड़े बड़े दान थे जो गुलियात के वंशज थे उनको दाऊद के लोगों ने दाऊद के सिपाहियों ने सेनापति ने उनको ख़त्म कर दिया इस प्रकार चारों तरफ से दाऊद को क्या मिलता है चैन मिल जाता है चांदी मिल जाता है उसका राज स्थिर हो जाता है उसके दुश्मन सब पराजित हो जाते हैं वे दाऊद के पास उपहार लेकर आते हैं सोना चांदी लेकर आते हैं पीतल लेकर आते हैं और घोड़े लेकर आते ले हैं रुद लेकर आते हैं दाऊद का यश वैभव ऐश्वर्य बहुत बढ़ता गया और दाऊद ने 16 अध्याय में जैसे हम देखते हैं दाऊद पर होवा का वाचा का संदूक को भी लेकर के आ गया और इसराइल के अंदर जो है याचकों को लेबियों को उसने ठहरा दिया सेवा करने के लिए सब कुछ उसने अच्छा कर दिया और बहुत सब कुछ एकदम अच्छा हो गया बहुत बढ़िया हो गया तो वहां हम देखते हैं बीस इक्कीस अध्याय में जब हम आते हैं दाऊद दाऊद जो है अपने सेनापति को युवा आपको कहता है कि क्या करेंगे आपको एक काम करना है इसराइल के अंदर जितने भी लोग में जितने भी लोग हैं उनकी गिनती लेकर मुझे बताओ अब यह सुनकर 21 अध्याय के अंदर युवा पूछ रहे हैं हे स्वामी ये गिनती करने की क्या जरूरत है ओ गिनती कम हो गई क्या इससे भी सो गुना हो परमेश्वर आपको दे सकता है यहोवा परमेश्वर आपके साथ है आपको किसी बात की कमी नहीं है गुना आपको दे सकता है लेकिन दाऊद के लिए तैयार नहीं हुआ दाऊद का दाऊद की आज्ञा थी दाऊद ने इस बात को ठान लिया था कि मेरे पास कितने लोग हैं उनका गिनती मुझे चाहिए और दाऊद ने उनकी गिनती करने के लिए निर्णय लिया और यौ आपको मानना ही पड़ा और यौ जो है आम, अच्छा नहीं लेते हुए भी दाऊद के बात सुनते दाऊद का बात को पूरा करने के लिए क्या करता है वो गिनती करने के लिए जाता है लेकिन वो लेवी लोगों को बिन्यामी लोगों को उसने गिनती नहीं किया क्योंकि वे परमेश्वर के चुने हुए और याकूब के बहुत प्रेमी थे इसलिए उनकी गिनती तो नहीं किया और उसके बाद में हम देखते हैं हाँ उनका गिनती सब लेकर दाऊद के पास आता है लेकिन यह बात वहाँ पर पहला इतिहास इसके 21 अध्याय में लिखा है इसके साथ आयत में लिखा है यह बात परमेश्वर को बुरी लगी परमेश्वर को यह बात बुरी लगी मेरे प्रियो कौन सी बात परमेश्वर को बुरी लगी भी हर जगह लिखा है ये वह परमेश्वर ने दाऊद को और प्रभु, प्रभु ने के किया था। का परमेश्वर ने बड़े बड़े राजाओं को राष्ट्रों को उनके सामने झुकवाया था यह सब कुछ यहां ने किया था दाउद अपने जीवन में कुछ भी नहीं था वो भेड़ बकरियों के पीछे चलने वाला था उनका कोई कोई कीमत नहीं थी कोई भी इनको उनके घर में भी इनका कोई वैल्यू नहीं था ऐसे दाऊद को परमेश्वर ने खड़ा किया इतना बड़ा वो अधिकार इतना बड़ा पदवी सब कुछ हो परमेश्वर ने दिया और इस समय दाऊद को इनको गिनती लेकर इनको गिनती लेकर अपने आप को कुछ होने की जरूरत नहीं थी बल्कि इसकी जगह भरोसा देखना को, को धन्यवाद देना था सुधी करते हुए ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ परमेश्वर का दिया हुआ काम को दाऊद को करना था उसके बजाय दाऊद क्या करता है ओ आ, अपने प्रजा का वो गिनती का, का। खुश होने की कोशिश करता है कई बार मेरे और आपके जीवन के अंदर ऐसी बातें हम सोचने लग जाते हैं मुझे प्रचार करना आता है मेरी प्रार्थना से वो लोग चंगे हो रहे हैं और मैं जब प्रार्थना करता हूँ लोगों को अच्छा लग रहा है कई लोग मेरी प्रार्थना सुनते हैं और कई लोग मेरा गाना सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं कई लोग मेरे सेव के द्वारा विश्वास में आ गए इतनी सारी कलिसियां को मैंने साबित किया बहुत कुछ में मैं मैं ऐसा हमारे अंदर आकर कई बार हम अपने प्रशंसा करने लग जाते हैं यहां पर लिखा है ओ यह बात दाऊद का दाऊद की यह बात है वहां परमेश्वर को बुरा लगा लेकिन दाऊद को क्या करना चाहिए था दूसरा दस का पांच में जैसे लिखा है हरेक ऊंची बात और हरेक बुरे कल्पनाए जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उड़ती है उनका सामना करना चाहिए था और उनको आज्ञा कार जा के अंदर लाना चाहिए था और उनके खिलाफ खड़े रहना चाहिए था दाऊद को अपने अंदर उठने वाले हरे गलत बातों से दाऊद को विजय प्राप्त करना था इसी रमिया सत्रह केव्या में लिखा है हृदय सब बातों में धोखा देने वाला होता है मन इंसान का मन जो है सबसे बड़ा धोखेबाज होता है इंसान के मन में जो कल्पनाएं उड़ती है वो हमेशा बुरा ही नहीं होता है उत्पत्ति छटा छट्टाध्याय में लिखा है लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा उन बुरी वासनाओं के ऊपर बुरी कल्पनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए दाऊद को परमेश्वर ने दाऊद को दाऊद के बारे में परमेश्वर की योजना वो थी हमको भी सीखने के लिए दाऊद का जीवन से मिलता है और उसके कारण क्या होता है जब दाऊद ने श्रेय और उसकी जो महिमा जब अपने ऊपर लेने के लिए कोशिश किया जिस प्रकार वो पहले आदन की वाटिका में लूसीफर ने बोला था ऐसे पुस्तक चौदह अध्याय मैं जैसे हम पढ़ते हैं मैं ओ मैं ऊँचे पर चढ़ूंगा मैं परम प्रधान पर पर के मैं तुल्य हो जाऊँगा सिंहसन खड़ा करूंगा इस प्रकार जब लूसीफर ने अपनी, अपनी बुद्धिम और अपनी सुंदरता परमेश परमेश्वर का और से एक दूत हमें वहां पर आ जाता हूँ क्या होता है एक मरी इसराइल में शुरू हो जाती है एक मरी इसराइल में शुरू हो जाती है वो मरी होने से पहले दाऊद के पास अपने नबी को भेज करके बोला तीन चीजें मैं तेरे सामने हूं। इन तीनों में से तुझे एक को चुनना इसलिए कि ने गलती किया है मन में हंगार आया है या तो तीन काल होगा या तो तीन महीने दुश्मन की तलवार तेरे पीछे लगी रहेगी दुश्मन की तलवार से तू मरता जाएगा नहीं तो तीन दिन की महामारी होगी इन तीनों में से तुझे एक को चुन लेना और दाऊद कहता है पहला इतिहास में पड़ा के हाथ में पड़ जाना मेरे लिए भला है इस संसार के अंदर मेरी कोई शांति नहीं है इस संसार के अंदर मुझे कोई बचाने वाला नहीं है डॉक्टर भी नट वो नट रहा है डॉक्टर भी मना कर रहा है बेड नहीं है ऑक्सीजन नहीं है ओ, जो हॉस्पिटल में जाते हैं जिंदा जाते हैं कई बार जिंदा वापस नहीं आते हैं ओ बड़े तकलीफ वाले संसार के अंदर वो मैं जी रहा हूँ हाथों में बढ़ना जिला ने जिंदा रखने वाला वही है और लेने वाला भी वही है उसकी मर्जी के लिए मैं अपना जीवन को उसके हाथ में देना चाहता दाऊद ने बोला योवा के हाथ में बढ़ जाना मेरे लिए भला है और फिर क्या होता है वो वहां पर मरीज शुरू हो जाती है लेकिन इसलिए कि दाऊद ने अपने अपनी पत्नी बनवाने के कारण ओ, वो बड़ा संग, वो बड़ा श्राप में बढ़ गया था विपत्ति में बढ़ गया था तब दाऊद ने कहा था मैंने बड़ी गलती किया है मुझे ओ जो नहीं करना था मैंने किया है मैं परमेश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किया है मेरा विराध हमेशा परमेश्वर के सामने है जब उसने बच्चा ताप किया, किया। मैंने बड़ी बुराई की है मैंने बड़ी मूर्खता की है तेरा में लिखा है मेरे बड़ी ओ मैं मुझसे बड़ी बुरखदा हुई है मुझसे मेरी गलती हुई है तब वह वहाँ पर हम देखते हैं तब योवा परेश्वर ने अपने दूध के द्वारा अपने हाँ ले लिया रभी के द्वारा परमेश्वर ने दाऊद से कहा क्या करना तू एक खलीहान को तू खरीद लेना खलीहान को तू खरीद लेना यबूसी और बूसी का खलीहान को तू खरीद लेना और उस खलीहान के अंदर तू योवा के लिए तू क्या करना बिली चढ़ाना होम बिली चढ़ाना और इसी प्रकार दाऊद ने और न खीहान को खरीद कर वहा के लिए बिली चढ़ाया उसके लिए ओ, उसने बहुत कीमत चुकाकर उसको खरीदा और जब वो खरी, आ, खरीदने के लिए गया का दूध को देख कर बेटे डर गए क्योंकि ओ ये दूध आ गया अब मरी हमारे अंदर शुरू हो जाएगा करके लेकिन इसलिए की हाल वहा चा के अनुसार वहांरे की बेदी बन गई वो डर जो है ओ और और और नान का और उनके का उनके डर जो है आनंद में और उलास में बदल गया ओ ने अपना अपना आँग, अपना आग आग उतार कर उस बिली को उन्होंने ग्रहण कर दिया और फिर वहां पर मौत नहीं हुई फिर वहां पर मौत नहीं हुई और इतना भी नहीं वो महामारी थम गई सितर हजार लोग गिर गए लेकिन महामारी थम गई परमेश्वर ने अपने दूध को आज्ञा दिया कि तू तो अपना तलवार खींच ले अपने हाथ खींच ले और का ने अपने हाथ को खींच लिया वहां पर मर मरी थम गई हाले हमें इसका इस घटना के अंदर से हमें गु सीखने को मिलता है, है हाल लोया इन दिनों में परमेश्वर के हाथों में फट जाना इधर उधर भरोसा नहीं रखना परमेश्वर के हाथों में पड़ जाना हाल ही जिस प्रकार प्रभेश मसीह अब आपने पिता के पास पिता के ऊपर पूरा पूरा निर्भर था पिता प्रभेश मसीह की हरेक वाणी जो है पिता का सिखलाया हुआ था का हर एक कार्य जो है जैसे अध्याय के उन पचास में लिखा है युना 8 अध्याय उसके 28 आयत में लिखा है युना 10 अध्याय अड़तीस आयत में लिखा है युवा 5 अध्याय 28 आयत में लिखा है प्रभु यशु मसी पूरा पूरा अपने पिता के ऊपर ओ भर भरपूर था मतलब उसका लगाव में था उससे उसका में था, उसी के हाथों में रहे उनसे सीखे, उनके उनकी इच्छा को जाने अपन के बच्चे में जाए हालिया इन दिनों में जब अपने घरों में हम खेद हैं इन दिनों में हमारे काम धंधाम से चुट गया है इन दिनों में ओ हम परिवार के साथ अपने घर में है प्रभु के पास ज्यादा नजदीक में रहने के लिए उसका वात्संग बढ़ने के लिए उसे प्रार्थना करने के लिए ज्यादा से प्रभु हमारी सहायता करे और इस महामारी से विजय प्राप्त कर छूट कर हम प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हमारे बच्चों के स्कूल प्रार्थना हम आज आई हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सोम देव ये प्रार्थना को करें स्वर्गीय दा परमेश्वर के जीवन से अंदर, अंदर से आपने सिखाए आप जब इस साल के अंदर उदा के अंदर प्रभु तूने जब सब सब कुछ इनको दिया जाओ उनके पास धन उद ने देने देने अपने अपने अंदर जब ओ जब ओ एक गलत विचार जब उनके अंदर आया उसका परिणाम उसको भोगना पड़ा पिता परमेश कई बार हम गलत हो जाते हम छुप जाते ओ हम अपने अपने आप में प्रशंसा लेने की कोशिश करते बार प्रभु अपने अंदर हम प्रशंसा लेने की कोशिश करते हमें माफ कर ले हमें शुद्ध कर ले हमें प्रभु धो दे हमारे कारनामों की वजह से हमने आपको दुख पहुंचाया हमारे वजह से हमारे लोग परेशान हैं प्रभु तो दया कर हमसे टलने के लिए तो हमारा जीवन बच जाने के लिए कृपा दीजिए वो कीटाणु खत्म हो जाए इन्फेक्शन पर थम जाए सास लेकर उनको ताकत मिल जाए उनके फेफड़ो में जीवन आ जाए परमेश्वर धन्यवाद वो हमारे छोटे चोड़ छोटे बच्चे माता है बुजुर्गो के लिए प्रार्थना करते उनको बल दे सामर दे डॉक्टरों के लिए नर्सों के लिए और जो सेवा करते हैं पोलिस अफसरों के लिए अधिकारियों के लिए सिपाही के लिए सबके लिए प्रार्थना करते हैं सबको दे अधिकारियों के लिए, लिए नेतागणों के लिए सरकार के लिए हम प्रार्थना मांगते दुआ मांगते प्रभु जी दुनिया के राष्ट्रों के लिए हम तेरी शांति मांगते है प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु मसीह के नाम से मांगते है तुझे तुझे ढूंढने आया है वो अपने दिल में उसे ले लो तुझे ढूंढने आया है वो अपने दिल में उसे ले